प्रदीप कुमार खेसिया है मैं न्यू मुम्बे जा रहा हूँ न्यू मुम्बे में मेरा हम लोगों ने लाइज़ क्लब न्यू बुनल का मैं पहले प्रेसिडेंट था तो हमारा लाइज़ क्लब का बात हुआ तो एक हमारा मेंबर था मनोज भाई वोरा वो प्रीति स्लिप में आया और उसने सेशन लिया था अंधेरी में और बाद में इधर बांद्रा आता था तो उसका कम से कम पंद्रह से अठारह किलो कम हुआ था तो उसने बात किया सब लोगों के दोस्त बैठा तो मेरे को लगा कि मैं जाता हूँ तो कम से कम मेरा डायबिटीज कम थी तो मैं ज्वाइंट किया और मेरा दूसरा तीसरा सेशन में मेरे को रात को साठ हो गया था फिर तुरंत के तुरंत मैं चॉकलेट खाया नहीं सक तो मतलब डायबिटीज़ बहुत कमती हुआ और आठ सेशन हुआ मेरा तो मेरा पहले दो तीन सेशन में छः से सात यूनिट कमती हो गया था इंश्योरेंस में चौंतीस लेता था उसका अट्ठावीस हो गया फिर आठ सेशन में मेरा अभी मैं छब्बीस यूनिट ले रहा हूँ और मेन बात दस साल पंद्रह साल से मेरे को डायबिटीज है और आ, आ, कभी भी अढ़ाई सौ पुने तीन सवा तीन साढ़े तीन आता था मैं कैसा भी डाइट करता था तो नहीं होता था लेकिन ये प्रीति स्लिंग का सेशन है से ये मेरे को डायबिटीज है अभी अस्सी से एक सौ पचहत्तर तक आता है उसके ऊपर आया नहीं है अभी तक आठ सेशन में उतना मेरा खुद का अनुभव है और थैंक यू प्रीतिशलिंग को के उसका स्टाफ है एकदम गुड है जो डॉक्टर है एकदम यंग है लेकिन एक के वहाँ पे सब रहती है और बात भी बहुत तो एकदम सॉफ्टली करता है और बहुत कोऑपरेटिव